कालवन राक्षस ने सुभद्रा का अपहरण कर लिया ताकि अपनी बहन को बचाने के लिए जब श्री कृष्ण वहाँ आए तो वह श्री कृष्ण का वध कर सके अर्जुन वहां मौजूद था वह सुभद्रा की रक्षा करने की कोशिश कर ही रहा था कि श्री कृष्ण वहाँ आ पहुँचे काल ने श्री कृष्ण को देखकर युद्ध के लिए ललकारा श्री कृष्ण वहाँ से भागने लगे तब अर्जुन ने सुभद्रा से पूछा तुम्हारे भ्राता भाग क्यों रहे हैं तब सुभद्रा ने कहा निश्चय ही मेरे भ्राता ने इस राक्षस के काल के लिए कुछ सोच रखा होगा और श्रीकृष्ण एक गुफा में जा पहुँचे कालवन भी उस गुफा के अंदर गया उस गुफा में ऋषि मुशुकुंद थे जिनकी आँखों में तब की अग्नि थी जैसे ही उन्होंने राक्षस को देखा वो वहीं भस्म हो गया इस पूरी कहानी का सार बस इतना है कि आपका दुश्मन चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो एक ना एक दिन उसे भी शिकस्त खाना होगा चाहे वो दुश्मन कोई इंसान हो आपकी कमजोरी हो या आपकी चुनौतियाँ आपकी रणनीति जितनी अच्छी होगी आपके दुश्मन की हार उतनी ही जल्दी होगी